एक तो परेशान जरूर होंगे लेकिन आज कई वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ की एक पतले और मोटे इंसान में से आपको कौन सा इंसान अच्छा लगता है तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आंसर देंगे लेकिन वहीं अगर मैं एक बॉडी बिल्डर की बात करूं, तो मोटा हो या पतला हर इंसान एग्री कर जाएगा क्योंकि भला एक मस्कुलर बॉडी किसे पसंद नहीं होती हर कोई एक शानदार बॉडी पाना चाहता है लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है कई लोग जोश में आकर जिम चले जाते हैं और फिर वहां पर सीधे ज्यादा वजन उठाने लगते हैं जिसका परिणाम बहुत भयंकर होता है अब आप सोच रहे होंगे जिम के अंदर ज्यादा वजन उठाने से ज्यादा से ज्यादा बॉडी में मोच हो जाएगी लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा भ्रम टूट जाएगा क्योंकि आज के वीडियो में हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो बंदा बस मरते मरते बच गया चाहे जिंदगी को उसके ऊपर तरस आ गया वरना मौत तो इंतजार ही कर रही थी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये बात बताने की जरूरत कोई भी नहीं है की आज के समय में हर कोई खुद को अच्छा दिखाना चाहता है और आज शहरों में आलम यह है की शहरों के लगभग चालीस लोग जिम जाना पसंद करते हैं लेकिन दोस्तों हकीकत बहुत कड़वी होती है अगर हो हो हो इंसान फिट हो जाता है तो आप बिल्कुल गलत है क्यूँकी आज भी गाँव के लोग बहुत फिट माने जाते हैं जबकि वो लोग कभी भी जिम नहीं जाते गाँव की महिलाएं दिन भर धूप में कटाई कर सकती है और उन्हें कुछ नहीं होता गांव के किसी भी आदमी को देखकर आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते गांव का ये आदमी शहर के अच्छे से अच्छे बॉडी बिल्डर को पटक सकता है गांव के पहलवान भले ही देखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन उनके अंदर की ताकत कहीं ज्यादा होती है खैर वापस टॉपिक पर आते हैं अगर आप जिम जाते हैं तो आपको जिम के बारे में काफी नॉलेज होगा लेकिन फिर भी हम आपको बेंच प्रेस के बारे में बता देते हैं दोस्तों आपने जिम के अंदर देखा होगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर और जिम करने वाले लोग एक बेंच पर लेट जाते हैं और फिर अपने सीने के ऊपर अपने क्षमता अनुसार वजन रखकर पुशअप करते हैं दोस्तों इस बारबेल कर्ल एक्सरसाइज की मदद से ही किया जाता है जिम करने वाले लोग अपनी क्षमता अनुसार बारबेल एक्सरसाइज में ज्यादा वजन लगा लेते हैं और फिर अपने बाजुओं के दम पर इसे ऊपर नीचे करते हैं खैर आप समझ गए होंगे इसीलिए अब हम काम की बात करते हैं इस एक्सरसाइज को करने से हमारा चेस्ट मजबूत होता है और देखने में काफी आकर्षक लगता है यारे आपने वो रील्स तो जरूर देखे होंगे जिसमें एक लड़का अपने चेस्ट को फुलाकर चलता है बाकी उसने इसके लिए काफी मेहनत की होगी तब कहीं जाकर वो कुछ लड़कों को पीछे कर पाया होगा खैर हम आपको बता दे ये सब इतना आसान भी नहीं होता क्यूँकी बेंच प्रेस करते समय अगर जरा सी भी गलती हुई तो बार बार की रॉड सीधे चेस्ट पर आकर गिरती है और उसमें दोनों तरफ लगे हुए वजनी रोलर आपका कचुम्बर बना सकते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी बेंच प्रेस करते है तो उनके साथ एक जिम ट्रेनर जरूर होता है क्योंकि दोस्तों हमें हर जगह अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए और इन भाई साहब को देख लीजिए जो अपनी ताकत दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा बेंच प्रेस कर रहे हैं और फिर जो होता है वो आप अच्छी तरह से देख ही सकते है दरअसल ये तो बस एक नमूना था जो आपने कई फिल्मों में जरूर देखा होगा लेकिन आगे हम आपको एक सच्चाई बताने वाले है और ये सच्चाई देख भाई साहब आपके पसीने छूट जाएंगे हो सकता है कल से कुछ लोग जिम के अंदर बेंच प्रेस लगाना ही बंद कर दे अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्या होने वाला है तो जरा दिल थाम के रखिए और मिलिए क्राउले से, जो एक अच्छे खासे बॉडी बिल्डर है इनकी बॉडी देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये जिम के अंदर खूब मेहनत करते होंगे लेकिन कहते हैं ना कभी कभी आपको अपनी मेहनत पर अहंकार होने लगता है और फिर आप दुनिया जीतने की ख्वाहिश करने लगते है लगता है शायद ब्रांक क्राउले के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया और ये बॉडी बिल्डर भाई साहब खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे लेकिन इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो इनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपाइज बना देगा जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ब्राउक क्राउले अपने ट्रेनर के साथ बेंच प्रेस में खूब जोर लगा रहे हैं लेकिन इन्होंने थोड़ा ज्यादा ही जोर कर दिया और अपने बारबल को ज्यादा ही वजनी बना लिया और फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। जरा ध्यान से देखिए जब क्राउले बेंच प्रेस कर रहे थे तभी उनके सीने की एक नस फट जाती है और एक साइड वाला चेस्ट ऊपर की तरफ फूल जाता है भाई साहब ये दृश्य इतना डरावना था कि बेंच प्रेस लगाने वाले सारे बंदे डर गए होंगे और कई लोगों ने अगले दिन जिम जाकर बेंच प्रेस लगाना ही छोड़ दिया होगा ब्राउंक्राउले चेस्ट की नस्त फटते तुरंत नीचे गिर पड़ते हैं और तड़पने लगते है उनके साथ ही तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर तुरंत उन्हें इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं क्योंकि इनका दर्द आप भली भांति समझ सकते हैं छोटा सा ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया इनके चेस्ट की मसल्स फट चुकी थी और ऐसा इसलिए हुआ क्यूँकी उन्होंने ज्यादा वजन उठाया अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों हुआ जबकि वो बॉडी बिल्डर बहुत ताकतवर लग रहा था दोस्तों हम आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाते हैं मान आप लीजिए तो रस्सीगी लेकिन मान लीजिए अगर वहां पर चार पांच लोग और आ जाए तो उस पतली सी रस्सी को दोनों तरफ से खींचने लगे तो दोस्तों थोड़ी देर बाद रस्सी बीच में से टूट जाएगी और आप इस तरफ गिरोगे और आपके साथ भी उस तरफ के लोग उस तरफ गिर जाएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रस्सी का उसकी क्षमता से ज्यादा फोर्स लग रहा था इसलिए उसके अणु टूट गए और सेम यही कंडीशन इंसानों पर अप्लाई होती है अगर हमारे चेस्ट पर हमारी क्षमता से ज्यादा फोर्स लगेगा तो चेस्ट के मसल्स टूट जाएंगे। और सेम इस बॉडी बिल्डर के साथ भी यही हुआ अब बेचारे इस बॉडी बिल्डर को देख लीजिए जो मसल टीयर ब्रेक हो जाने पर हॉस्पिटल के अंदर आराम से बैठा हुआ है लेकिन अगर आपने उसके चेस्ट के साइड में गौर किया हो वहां पर काले और नीले रंग के धब्बे पड़ चुके हैं, और अब आपको ये नजारा देखकर अपने बचपन की तो गुब्बारा फूल जाता था जो ठीक इसी तरह काले और नीले रंग का होता था और घर जाकर मम्मी इस टीले पर हल्दी चूना लगाया करती थी मतलब आप समझ गए होंगे जब कभी भी हमारी बॉडी के मसल टूटते हैं तो वहां पर काले और नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और सूजन आ जाती है दोस्तों हम आपको बताते हैं कि एक बॉडी बिल्डर और एक वेटलिफ्टर अलग अलग होते हैं बॉडी बिल्डर का काम अपनी बॉडी के मसल दिखाना है। वहीं दूसरी तरफ वेटलिफ्टर को तो बस ज्यादा से ज्यादा वज़न उठाने से मतलब होता है इसलिए बॉडी बिल्डर की बॉडी काफी आकर्षक लगती है लेकिन ज्यादातर वेट हल्के मोटे टाइप के होते हैं लेकिन उनकी बाजुओं में कमाल की ताकत होती है क्यूँकी वेट जिम के अंदर लगातार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सके बॉडी बॉडी बिल्डर बोड़ी की हर एक एक मसल्स पर काम करता है है इसीलिए वेटलिफ्टर ज़्यादा ज़्यादा से वज़न को उठा लेता जबकि ऐसा इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण प्रैक्टिस का होता है आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी करत करत अभ्यास हो तो सुजान ठीक इसी तरह की कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है दरअसल एक पावर वेटलिफ्टर दिन रात ज्यादा से ज्यादा वजन उठाता रहता है इसीलिए उसकी बॉडी के मसल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती हैं और खुद को मजबूत बना लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉडी बिल्डर इतना वजन उठाता जितना वेट उठाते हैं इसीलिए बॉडी बिल्डर ज्यादा वजन नहीं उठा पाता दोस्तों आपने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमे एक बहुत ही दुबला पतला आदमी बकरी के एक छोटे से बच्चे को अपने कंधे पर रखता है पहले दिन बड़ी आराम से बकरी के छोटे बच्चे को उठा लेता है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था लेकिन धीरे धीरे बकरी का बच्चा बड़ा होने लगता है लेकिन अभी भी आदमी बकरी के उस बच्चे को रोज अपने सिर पर उठाता था मतलब कंधों पर उठाता था और ऐसा करते करते छह महीने बीत गए अब वो बकरी का बच्चा पूरी तरह से बड़ा हो गया था लेकिन वो आदमी अभी भी उस बकरी के बच्चे को आराम से अपने कंधे पर उठा लेता था क्यूँकी ऐसा करने की आदत थी उसको और वो रोज ऐसा करता था इसलिए उसे नहीं पता था कि बकरी का बच्चा कब बड़ा हो गया दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब उस आदमी ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा तो उसकी मसल्स पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और उसके बाजू पहले से ज्यादा चौड़े हो चुके थे क्योंकि जाने अनजाने में ही सही वो रोज रोज वेट लिफ्टिंग कर रहा था ना तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए ठीक इस कहानी की तरह हमें भी रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके अपना वजन बढ़ाना चाहिए इससे हमारी बॉडी पर अचानक से लोड नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे बॉडी ज्यादा वजन उठाने की आदि हो जाएगी और दोस्तों जाते जाते हम आपको बता दे जिम के अंदर कभी भी जिम की ट्रेनर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए जिम ट्रेनर की सलाह लेकर ही बेंच प्रेस और दूसरी एक्सरसाइज करनी चाहिए